हेलो आपकी रातों को जगाने आपके सपनों को सजाने मैं सुलु दिल के बटन से फोन लगाइए <laughs> सुलु के हर सफर में उसका साथी टॉरेक्स का तो अलविदा खासी